बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है इस प्रश्न का राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन ने प्रश्न नंबर दो राफेल जेट का चौथा बैच किस राज्य में उतरा है राइट आंसर है गुजरात राज्य में ऑप्शन है पंजाब असम महाराष्ट्र या फिर गुजरात तो राइट आंसर है गुजरात अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस दो का विषय क्या है राइट right आंसर है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स बारह सौ बत्तीस किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट right आंसर है विनोद कापरी विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है एक सौ तीस एक सौ चालीस एक सौ सैतालीस एक सौ इक्कीस तो राइट right आंसर है एक प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरव कुमार लिंबाले को उनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त होगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है राइट आंसर है सनातन किस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय को विशेष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में चांसलर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है इस प्रश्न का सही जवाब है केरल डी लैब ने एक हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है इसका वजन क्या है आठ किलो सात किलो नौ किलो या छः किलो राइट right आंसर है नौ किलो अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है एक अप्रैल को दो अप्रैल को तीन अप्रैल को या फिर पाँच अप्रैल को राइट right आंसर है दो अप्रैल को 2021 में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स किस फिल्म को शीर्ष पुरस्कार मिला है राइट right आंसर है नो में नोमेड लैंड को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान कहाँ स्थित है राइट right आंसर है बेंगलुरु में निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है राइट right आंसर है ओलंपिक बिलियर्ड्स पोलो ब्रिज खेल के नाम है चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है राइट right आंसर है कोटा इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है राइट right आंसर है गंगा नदी बाकी तीनों नदियां गुजरती हैं शिवसमुद्रम समुद्र जल प्रभात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है राइट right आंसर है कावेरी नदी अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसे भी कहते हैं कहां अवस्थित है? Right answer है उत्तरी अंडमान में सैडल पीक अवस्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है कर्नाटक में बिहार में महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में राइट right आंसर है मध्य प्रदेश में भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा पहला बगीचा मकबरा था राइट right आंसर है हुमायूं का मकबरा जो कि एशिया उपमहाद्वीप में पहला मकबरा था किस स्थान में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था अकबर ने अशोक ने समुद्रगुप्त ने या फिर शेरशाह ने तो राइट आंसर है शेरशाह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था क्या रॉबर्ट बेंटिंग था लॉर्ड या फिर वारेन हेस्टिंग था राइट आंसर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल पालक में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल मैलिक अम्ल साइट्रिक अम्ल या फिर इस प्रश्न का सही जवाब है जो कि पालक में पाया जाता है भरपूर मात्रा में प्रश्न नंबर 23। भोजन में अन्य पोषक तत्वों की तुलना में वर्षा का पाचन मुश्किल है क्योंकि वे छोटी आंत में टूटने वाले होते हैं या जल में अघूलनशील और बड़ी गोलिका के रूप में उपस्थित होते हैं जल में अघूलनशील और ऊर्जा में खराब है ऊर्जा प्रचुर खाद्य है और प्रचुर मात्रा में उपस्थित है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो जल में अघूलनशील और बड़ी गोलिका के रूप में उपस्थित होते हैं प्रश्न नंबर चौबीस बर्फ का गलनांक कितना होता है दो सौ तिरपन दशमलव एक केल्विन, को दशमलव एक छः के दशमलव एक छः या फिर दो सौ दशमलव एक छः के एलबिन राइट आंसर है दो सौ दशमलव एक छः प्रश्न नंबर 25। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित किया जाता है तो प्राप्त होता है हमें राइट आंसर आप लोगों को बताना है जल्दी गेस करिए राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट यमुना एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है क्या एक किलोमीटर है या फिर पाँच सौ तो दस किलोमीटर है या एक किलोमीटर है या फिर एक किलोमीटर है इस प्रश्न का राइट आंसर है एक किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई है उत्तर प्रदेश के जंगलों में कौन सा पशु नहीं पाया जाता है क्या चीता नहीं पाया जाता है तेंदुआ नहीं पाया जाता है या फिर लोमड़ी नहीं पाई जाती या फिर एशियाई शेर नहीं पाए जाते इस प्रश्न का राइट आंसर है एशियाई शेर जो कि उत्तर प्रदेश के जंगलों में नहीं पाए जाते हैं बाकी तीनों जानवर पाए जाते हैं संविधान संशोधन के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत छः वर्ष से 14 वर्ष के बीच बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बन गई है कौन सा यह संविधान संशोधन है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छियासीवा संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत छः वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है निम्नलिखित में किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है चौवनवा पचपनवा बावनवा या फिर तिरपनवा संविधान संशोधन इस प्रश्न का सही जवाब है तिरपनवा संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है प्रश्न नंबर तीस संविधान का बावनवा संविधान संशोधन किससे संबंधित है क्या दल बदल से है आरक्षण से है निर्वाचन से है अल्पसंख्यकों के संरक्षण से है इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है